आ, आ, आ, आ, आ, जो भी मेरे आपका वफादार हुआ है जो भी नबी का सच्चा दीवाना थोड़े तो को भी जीवन जो भी मेरे हुआ है और ये विषय समाप्त एक बार नहीं ऐसा थोड़ा सा ऐसा कई बार नहीं हुआ हुआ है, है, में मुझे आपका दीदार हुआ है दीदार हुआ है।, दीदार हुआ है। के हवाले से ये आ, मैं। तो पसंद ये चो पटक तो हुए आपने बाहर देखा होगा कि दल देखिए शायद क्या कह रहा है कि ये जो एक बार सुखान आगा। आगा। आगा। अच्छा जरा आपका बाजर समझ में नहीं आ रहा, एक तो, नहीं आ रहा, रहा एक तो समझ में नहीं आ रहा रहा है समझ में नहीं।